प्रसिद्ध कथावाचक किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पहुँचे जब कथा में कृष्ण जन्म का प्रसंग आया तो कृषि मंत्री कमल पटेल कृष्ण जन्म के भजनों पर झूमकर नाचे भोपाल में प्रसिद्ध कथावाचक किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है जिसपे कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे व्यासपीठ की पूजा अर्चना की हजारों भक्त प्रतिदिन कथा सुनने आ रहे हैं कहते हैं ईश्वर के दरबार में सब बराबर होते हैं चाहे राजा हो या रंग कृषि मंत्री कमल पटेल भी कथा का श्रवण कर रहे थे जैसे ही कथा में कृष्ण जन्म का प्रसंग आया तो कमल पटेल कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और भजनों पर झूम कर नाचने लगे